एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा जो पार्टी तीन साल में अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई उसका क्या भविष्य है पीटी हुई फिल्मों के ट्रेलर कोई नहीं देखता मिश्रा ने कहा एसपी उज्जैन को जोमेटो संबंधी विज्ञापन के वीडियो की सत्यता की जांच के निर्देश दिए गए है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत के आर्किटेक्ट और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश में स्वागत मिश्रा ने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा जो पार्टी तीन साल में अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई उसका भविष्य क्या है वैसे भी पिटी हुई फिल्मों के ट्रेलर कोई नहीं देखता उन्होंने कहा सौदेबाजी की जिन्होंने शुरुआत की वे आज ही अपने दामन को पाक साफ बता रहे हैं दोनों बुजुर्गों पर उम्र हावी हो गई है कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं भारत माता के भाल पर गौरव की अमित शाह अमित शाह एक भारत और श्रेष्ठ भारत के आर्किटेक्ट भी हैं साहस कौटल्य और विनम्रता की त्रिवेणी माननीय मिश्रा जी हैं मध्य प्रदेश में आ रहे पूरा का पूरा प्रदेश माननीय अमित शाह की अगवानी के लिए आतुर है मिश्रा ने बताया सुसाइड को रोकने संबंधी विधेयक निर्माण संबंधी कार्य प्रारंभिक स्टेज पर है मिश्रा ने कहा एसपी उज्जैन को जोमैटो संबंधित विज्ञापन के वीडियो की सत्यता की जांच के निर्देश दिए गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष के भरोसे चल रही है जो पार्टी उस पार्टी का भविष्य क्या होगा इससे आप अंदाजा लगा लें वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना है पर वास्तव में अब इस तरह का जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है नाना करने का हो सकता है अब वो प्रियंका जी राहुल जी या प्रियंका जी और सोनिया जी मिलकर राहुल जी को तैयार कर ले रहना तो इन्हीं में से है बोले मैं नैतिकता की बात करी मैं सौदेबाज नहीं हूँ जा ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने शुरुआत की थी विधायक पे हमारे दो विधायक आदरणीय त्रिपाठी जी और कोल साहब को जो लेके आये जिसने सौदेबाजी की शुरुआत की वो अपने दामन को पाक साहब बता रहा है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बरखेड़ा बोंदर पहुँचे और कल वहाँ होने वाले अमित शाह के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राज उनके साथ में मौजूद रहे मनी अमित शाह जी भोपाल दौरे के दौरान 415 करोड़ की लागत के एक पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे इसके अलावा चार कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे इसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक भी शामिल है